वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का चौरासी वर्ष की आयु में निधन हो गया उनके निधन से पूरे उत्तराखंड की आंखें नम हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए उनके योगदान और संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा उत्तराखण्ड की वरिष्ठ समाज और आंदोलनकारी व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का चौरासी वर्ष की आयु में निधन हो गया है वे लंबे समय से बीमार थी इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती सुशीला बलूनी ने मंगलवार को अंतिम सांस ली उनके निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करे वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज गणेश जोशी धन सिंह रावत समेत तमाम मंत्रियों विधायकों ने और राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है